हेलो गाइस के इसमारूतनाथ रॉक और हमें है गेम खेलने का शौक पर आज हम खेलने जा रहे हैं मॉडर्न कॉम्बेट वॉरियर्स शुरू करते हैं बैटल थ्री टू वन से क्या फर्स्ट किल अबे नहीं, बच गया कहा चले गए ये विक्ट्री पाओ बहुत बढ़िया बिना कुछ कर मॉडर्न so तो कम्पर्स तो नया नया सर डाउनलोड किया है अभी मेरे को पता भी नहीं है इसके बारे में ज्यादा जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे इसमें और मैं इसमें कोई प्रो नहीं हूँ बहुत ज्यादा ही लू हूँ सो आप लोग एंजॉय दस वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज प्लीज याद कर दोस्ट मैं अगर यहीं से ट्राई करूँ तो यस अबे दिख जाओ कहाँ हो तुम तू तो गया सार बेटे तू तो गया अरे कहा जा रहा है कहाँ जा रहा है एक तो मेरे माउस की सेंसिटिविटी भी इतनी खराब है मैं क्या करूं अरे तू नहीं टपका दिया इसको यस yes! यस, यस, यस। इस बार मैंने भी क्लिक किए। बाकी गाइस साहब बताओ आपको ये वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट जरूर करना थ्री टू वन स्टार्ट यहाँ पे पहुंच गए लो। अभी यहाँ पे होगा अपना बेटर स्टार्ट इधर से कौन आ रहा है ये तो आते ही करूंगा आ जाओ कोई ये बात ओ आओ बताई पच क्या बिल्कुल जल्द right, क्या है यार थैंक यू तूने बचा लिया मैं कहां बोली मार रहा हूं मैं दिल तो मेरा लगभग एक भी नहीं होगा मुझे पता है ऑन द विन ओके विक्ट्री मुझे पता है आजा जाओ तुम आ आजा साले। अबे जल्दी करना कौन सूट कर रहा है तो ये क्या है विक्ट्री 100% परसेंट विक्ट्री ओके okay. मजा आ रहा है ना अभी तो नॉर्मल गेम प्लेस है गाइस मैं देखता हूं अभी के जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स वो हमें वो गेम प्ले भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जिनका हम एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन रखते हैं प्रोनाउंस तो भी नहीं हो पा रहा है जिनका हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं थोड़ा सा चैनल ग्रो होने दो आपको ऐसा ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस करवाऊंगा मैं आपको किसी यूट्यूबर ने सोची भी ना होगी एंड ऐसा वैसे में नहीं बहुत खतरनाक वाला एक्सपीरियंस करवाऊँगा आप बस थोड़ा सपोर्ट करो 3 2 1 start fight harder get the lead back galli galli kar ab ye samne hi to khade कहा तक बचेगा बेटा हाँ ले ले तो। खतरनाक था बेटे जल्दी इतनी जल्दी इतनी जल्दी इतनी जल्दी नहीं इतनी जल्दी नहीं मार दिया उसको चढ़ गया अच्छा बेटे बात घुस के मारेंगे victory yes so guys ye uh, aaj ka game play yo milte hain next video mein ab tak ke liye bye -bye. bye bye thanks for watching ye khatarnak tha bete